गलत नहीं हो अपने विचारों को शुद्ध रखो तो धर्म से चलोगे ठीक चलोगे तो हो सकता है आज तुम्हें कष्ट लगे ऐसा लगे कि भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे हैं सुख वैभव जो मैं चाहूं लेकिन देखो सामने वाला गलत कर रहा धर्म कर रहा है बहुत फल फूल